हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें बहुत लोगों को दिलचस्पी है लेकिन एक कंफ्यूजन है उनको कि करना चाहिए या नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ माइनिंग की देखो मैं खुद 2015 से 2019 तक माइनिंग कर चुका हूँ और मैं कमर्शियल लेवल की बात कर रहा हूँ सिंगल रिग्स वगैरह नहीं मैं माइनिंग फार्म पूरा हमने मैनेज किया है पहले तो माइनिंग में पहले बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं लेकिन टू के बाद अब माइनिंग छोड़ दिया है तो मेरे पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और डिटेल में हम इस ये सारे फैक्ट्स स्टडी करेंगे फिर आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको माइनिंग करना है या नहीं करना है बुरा है ऐसा नहीं है बस तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए और फिर आप डिसीजन लो तो आज की इस वीडियो में हम चार टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइनिंग कितने टाइप्स की होती है फिर हम डिस्कस करेंगे हमें क्या माइन करना चाहिए फिर हम डिस्कस करेंगे माइनिंग कैसे करें और फिर लास्ट पार्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा फिर आप डिसाइड करो माइनिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइनिंग हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं तो बेसिकली चार टाइप्स के माइनिंग हार्डवेयर होते हैं सबसे पहला होता है जीपीयू पी माइनिंग जो ग्राफिक्स कार्ड बेस्ड होता है दूसरा होता है एसिक माइनिंग ए एस जो एक स्पेशलाइज हार्डवेयर होता है माइनिंग के लिए तीसरा टाइप हो सकता है ब्राउजर माइनिंग पीसी माइनिंग या डेस्कटॉप माइनिंग और चौथा प्रकार है इसमें मोबाइल माइनिंग जो होता है सेलफोन माइनिंग ठीक है तो ये चारों टाइप्स हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे देखो माइनिंग हार्डवेयर जो होता है वो कॉइन डिपेंडेंट होता है कि आपको कौन सा कॉइन माइन करना है एक बार आपको कॉइन पता है कौन सा करना है तो उस हिसाब से आपको अलगोरिदम देखना पड़ता है और अलग अलग अलगोरिदम के लिए अलग अलग हार्डवेयर होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीयू माइनिंग देखो जीपीयू माइनिंग आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये इमेज जीपीयू माइनिंग जो होता है वो ग्राफिक्स कार्ड इसमें यूज़ होता है कोई एक ग्राफिक्स कार्ड लगाता है कोई दो ही लगाता है कोई पांच लगाता है कोई छह लगाता है कोई, कोई बारह भी लगाता है सोलह सोलह ग्राफिक्स कार्ड्स की भी माइनिंग रिग होती है तो इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं सबसे पहला होता है जी जो ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए यूज़ होता है वही माइनिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है इसमें मदरबोर्ड्स होते हैं मदरबोर्ड्स जो जो ये होते हैं ये माइनिंग स्लॉट्स के हिसाब से होते हैं मतलब आपको छः जीपीयू लगाना है तो आपको छः ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट चाहिए मदरबोर्ड के ऊपर अगर आपको एक ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो सिंगल स्लॉट मदरबोर्ड जो आपने नॉर्मल डेस्कटॉप में होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन यूजअली पाँच छ तेरह सोलह ऐसे ग्राफिक्स कार्ड लोग माउंट करते हैं मदर पे और ये स्पेशलाइज मदर आते भी है उतने स्लॉट्स के ठीक है तो मदरबोर्ड आपको लगता है पावर सप्लाई जो है वो ग्राफिक्स कार्ड की क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से पावर सप्लाई चेंज होता है उसमें 500 सौ वाट से लेकर 2000 हज़ार वाट तीन वाट तक कैपेसिटी के भी पावर सप्लाई होते हैं और अलग अलग रेटिंग होता है उसमें गोल्ड रेटिंग सिल्वर रेटिंग ऐसे बहुत से टाइप्स होते हैं फिर बाकी अपने नॉर्मल में पी के लिए पार्ट्स लगते वैसे रैम चाहिए बेसिक रैम और बेसिक प्रोसेसर लगता है जो माइनिंग होता है वो ग्राफिक्स कार्ड पर होता है तो बाकी के जो कंपोनेंट्स है ये बेसिक भी चल जाते हैं जैसे रैम हो गया पावर प्रोसेसर हो गया लेकिन ग्राफिक्स कार्ड और पावर सप्लाई और मदरबोर्ड ये उस कैपेसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ असम्बल कर दो तो वो बन जाएगा जी माइनिंग का सेटअप तो जी माइनिंग पे आप इथेरियम माइन कर सकते हो इथेरियम क्लासिक माइन होता है मोनेरो और बहुत से कॉइन्स हैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा मैं कौन से कॉइन्स उसमें माइन होते हैं तो जी माइनिंग पे ये सारा सेटअप होता है और ये सारे कॉइन्स हम माइन कर सकते हैं दूसरा जो टाइप है वो होता है एसिक माइनिंग देखो एसिक माइनिंग में एक स्पेशलाइज हार्डवेयर यूज होता है जो डेडिकेटेड होता है माइनिंग के लिए और ये स्पेसिफिक कॉइन्स है जो बस उस हार्डवेयर पे ही माइन होते हैं बिकॉज इनका हैच रेट बहुत ऊपर चला गया और इनका अल्गोरिदम भी अलग होता है तो जैसे डोज कॉइन बिटकॉइन, लाइट कॉइन जेड कैश डैश ये सारे ये सारे कॉइन्स uh, के एसिक माइनर आते हैं ये अलग से अवेलेबल होते हैं कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं और मेजरली ये चाइना में मैन्यूफैक्चरिंग होता है इनका तो ऐसे यह दिखता है एसिक माइनर जो ऑलरेडी पूरा उसमें सेटअप हो, होता है आपको डायरेक्टली प्लग एंड प्ले होता है उसमें प्लग करना पड़ता है और सेटिंग करने के बाद उसका माइनिंग स्टार्ट हो जाता है नेटवर्क कनेक्ट होने के बाद तो ये स्पेशलाइज्ड हार्ड हार्डवेयर कहलाता है एसिक तो इसको बोलते हैं एसिक हार्डवेयर माइनिंग ठीक है mining, तीसरा जो टाइप है वो है पीसी माइनिंग या डेस्कटॉप माइनिंग देखो डेस्कटॉप माइनिंग नॉर्मल आपके घर के जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर भी आप माइनिंग कर सकते हो बस आपको एक जी लगाना पड़ेगा या प्रोसेसर पर भी होता है अगर प्रोसेसर आपका अच्छी कैपेसिटी का है तो उस पर भी माइनिंग होता है या फिर एक्स्ट्रा जी सिंगल जी दो जी आप नॉर्मल डेस्कटॉप पर लगा सकते हो तो बस एक ग्राफिक्स कार्ड दो ग्राफिक्स कार्ड लगा दोगे तो वो डेस्कटॉप माइनर बन जाता है बस आपको वो माइनिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है विंडोज़ के लिए मैक के लिए सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए माइनिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो डाउनलोड करने के बाद उसमें कॉन्फिगरेशन करने के बाद आप डरेक्टली उसमें माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो कौन से कॉइन करने है कौन से नहीं वो अलग पार्ट है बस अभी हम सेटअप की बात करें ठीक है तो आप डेस्कटॉप माइनिंग कर सकते हो नॉर्मल पी के ऊपर भी होता है या फिर आजकल ब्राउज़र में भी माइनिंग होता है ब्राउज़र के भी लग आते हैं उसमें माइनिंग होता है या फिर डेस्कटॉप डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं ऐप्स भी आते हैं विंडोज़ के उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो तो ये थर्ड कैटेगरी हो गई हमारी डेस्कटॉप माइनिंग की चौथा प्रकार इसमें होता है वो है मोबाइल माइनिंग देखो अभी जैसे जैसे क्रिप्टोकरेंसी फेमस होते जा रही है वैसे वैसे मोबाइल माइनिंग भी थोड़ा ट्रेंड में आ रहा है तो बहुत से कॉइन्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि हम मोबाइल माइनिंग है मोबाइल पर माइन करो इन कॉइंस को बस मोबाइल के ऐप्स आते हैं उसमें एंड्रॉयड ऐप्स आते हैं प्ले स्टोर पर ऐप्स है वो ऐप डाउनलोड करने के बाद कॉन्फिगर करने के बाद आपके मोबाइल हार्डवेयर पे माइनिंग स्टार्ट हो जाता है कॉइंस उसमें बहुत से हो सकते हैं नए कॉइन्स हो सकते हैं पुराने हो सकते हैं बाकी हम कॉइंस की बात करेंगे आगे फिलहाल के लिए आप याद रखो मोबाइल के ऐप्स आते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली माइनिंग हो जाता है और एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई बोलता है आपको मोबाइल के ऊपर बिट माइन हो सकते हैं या ऐसे पुराने वाले कॉइन्स हैं वो सारे माइन होंगे तो वो बहुत गलत है माइनिंग होता है लेकिन एकदम माइन्यूट क्वांटिटी आएगी आपको तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं दिन भर मोबाइल की बैटरी जला के तो अगर करना है तो उसमें नए नए कॉइन्स आप कर सकते हो जो मोबाइल बेस्ट है अभी तक जस्ट एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत कम है तो वो आप एक्यूमेलेट करके रख सकते हो मोबाइल माइनिंग से लेकिन मोबाइल के ऊपर ऐसे बड़े बड़े कॉइन्स या पुराने कॉइन्स माइन होंगे ये गलत है ठीक है तो चारों टाइप के हार्डवेयर मैंने आपको बताया ये हार्डवेयर्स पर माइनिंग होता है अब हम आएंगे हमारे दूसरे सवाल पर वो है कौन से कॉइन माइन करने चाहिए देखो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कॉइन सिलेक्शन कर सकते हो मतलब आपके पास हार्डवेयर कौन सा है उसका कॉन्फिगरेशन कौन सा है उसके हिसाब से आप कॉइन सिलेक्शन कर सकते हो ये एक वेबसाइट आपके सामने है इसका नाम है वॉट ठीक है ये बहुत पुरानी वेबसाइट है तो इसके ऊपर आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा ये सारे जो है ये जीपीयूस है देखो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर टैब्स है एक जी माइनिंग का सेक्शन है एसिक माइनिंग का सेक्शन है फिर यहाँ पर माइनर्स भी है जी के टाइप्स है उस हिसाब से वो आपको अलग अलग ऑप्शन बताएगा तो जस्ट ये माइनिंग कैलकुलेशन के लिए वेबसाइट है कौन से हार्डवेयर पे कितना माइनिंग और कौन सा माइनिंग हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले हम अभी है जी पी टैब में ठीक है जीपीयू में आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिख रहे हैं ये अभी अवेलेबल हार्डवेयर हैं मार्केट में इसमें कुछ डिस्कार्ड भी हो चुके हैं किसी के ग्राफिक्स कार्ड्स है ये तो अगर ये ग्राफिक्स कार्ड्स है तो नीचे इन्होंने अल्गोरिदम्स भी दिए ये ब्लू कलर में जो है ये सारे अलगोरिदम्स हैं माइनिंग के अल्गोरिदम्स है जो इन कार्ड्स पे माइनिंग हो सकता है ओके तो सबसे पहले आपको कॉइन सिलेक्शन करना है और फिर कॉइन सिलेक्शन करने के बाद उसका देखना है कि अलगोरिदम कौन सा है या फिर उसके हिसाब से हार्डवेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो नहीं तो रिवर्सली आपके पास जो हार्डवेयर है उसके ऊपर अलगोरिदम कौन सा आपको मैच हो रहा है वो देखो और फिर उसके हिसाब से कॉइन सिलेक्शन करो ठीक है तो ये वेबसाइट पर ईजी हो जाता है समझो यहाँ पे मेरे पास छः क्वान्टिटी आर एक्स फोर ये आर एक्स नाम का एक हार्डवेयर है ए का ग्राफिक कार्ड है समझो मेरे पास छः है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा मेरे पास छः क्वान्टिटी है और फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा तो उस हिसाब से वो मुझे बताएगा कि वो जो हार्डवेयर है उसमें हैश रेट कितना मिलेगा जो हैश रेट होता है ये कैपेसिटी होता है माइनिंग कैपेसिटी होता है हार्डवेयर का ठीक है तो उस हिसाब से वो मुझे बताएगा कि इथ हैश टी ई टी एच इस पे वो माइन होता है तो इथ्श का कितना मिलेगा मेगा एशेस ओके तो वो हिसाब से जेड कैश के लिए जेड हैच लगता है वो कितना मेगा ऐशस मिलेगा ये कैपेसिटी के हिसाब से हैश रेट के हिसाब से आपका आउटपुट डिपेंड करता है माइनिंग का तो देखो यहाँ पे मैं क्वांटिटी डालता हूँ हार्डवेयर्स की कितनी है समझो फोर एटी आर एक्स फोर एटी मेरे पास तीन क्वांटिटी है आर एक्स फाइव एटी थ्री क्वान्टिटी है अगर मैं जी पी बना रहा हूँ तो वो कैलकुलेट करने के बाद वो मुझे दिखाएगा कि मुझे वन एटी वन मेगा एशेस हैश रेट मिल रहा है तो वन मेगा एशेस पे मुझे देखना है कि मैं कौन से कॉइन यहाँ पर माइन कर सकता हूँ ओके और उनका डेली आउटपुट कितना है तो जैसे इथेरियम उस पर उसके ऊपर माइन होगा उसका डेली आउट, आउटपुट रहेगा पाँच वो क्वान्टिटी के हिसाब से होता है अलग अलग रेट जो होता है उसके हिसाब से चेंज होगा वो हम आगे डिटेल डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि ये आप पे ये कॉइन्स पूरे दिखाएगा कौन कौन से इस पे माइन हो सकते हैं ओके तो इधर हम क्लासिक आप उस पे माइन कर सकते हो वर्ड कॉइन है तो ये हैशरेट बेसिस पे डेली आउटपुट कितना है ये वेबसाइट हमें खुद कैलकुलेट करके देगी यहाँ पे ओके बस यहाँ पे पावर कंजम्शन कॉस्ट भी आपको थोड़ा डालना पड़ेगा तो ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है आपके हार्डवेयर कैपेसिटी और एल्गोरिथम चेक करने के लिए 100% ये फिगर आएगा ऐसे नहीं होता उसमें प्लस माइनस होता है तो आप इस वेबसाइट का यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आपको कौन से कॉइन माइनिंग करना है एसिक का भी सेक्शन है यहाँ पे, समझो आपके पास ए सिक हार्डवेयर है तो एसिक हार्डवेयर के ऊपर कितना आ, कौन सा अलगोरिदम है समझो बिटकॉइन हार्डवेयर है तो SHA256 वो माइन करेगा स्क्रिप्ट हार्डवेयर के लिए LTC के लिए अलग से माइनर्स आते हैं वो अगर है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा फिर उस हिसाब से हैशरेट कैल्कुलेट करके ये नीचे पूरी क्वांटिटी देता है कि आपको कितने उसमें मिल सकते हैं कॉइन्स ओके okay? तो आप एक बार ये वेबसाइट ब्राउज करो फिर आपको पता चलेगा आपको कौन से कॉइन्स माइन करना है कौन से नहीं करना है आई थिंक थोड़ा नेट का इशू चल रहा है मेरा ठीक है तो क्या माइन करना है ये आंसर आपको इस वेबसाइट के द्वारा मिल जाएगा ठीक है तो अब हम आएंगे हमारे तीसरे सवाल की ओर वह है माइनिंग कैसे करें देखो आप कोई भी हार्डवेयर हो आपके पास एक बार आपका हार्डवेयर फाइनल हो गया है तो फिर आप आपको ये बेसिक स्टेप्स नीचे फॉलो करनी पड़ती है सबसे पहला है आपका हार्डवेयर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चाहिए कितना है कितना हैशरेट है और उसके ऊपर कौन से एलगोरिथ्म सपोर्ट करते हैं कौन से कॉइन्स उसके ऊपर आप माइन कर सकते हो ये आप इस वेबसाइट से फाइंड कर लेंगे हार्डवेयर तो आपका सिलेक्ट हो गया ये हो गया फर्स्ट स्टेप फिर आती है बारी कॉन्फिगरेसन की देखो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है समझो आपको कोई हार्डवेयर के लिए कॉन्फिग्रेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो बहुत बहुत सारे हार्ड वहाँ वीडियोस बने हुए ऑलरेडी कि वो जी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है क्या करना है फिर एक बार सारा आपका असम्बल हो गया तो आपको बस एक माइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी अवेलेबल है नेट के ऊपर तो समझो आपको इथेरियम माइन करना है तो बस आपको वो सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है वो सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको नेटवर्क के लिए कनेक्ट करना पड़ता है देखो आप इंडिविजुअली पूरा ब्लॉक नहीं सॉल्व कर सकते मतलब पूरा कॉइन आप माइन नहीं कर सकते इसके लिए आपको जो पूल्स होते हैं जो माइनिंग पूल्स होते हैं मतलब कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो ऑलरेडी माइन कर रहे होते हैं आपको बस उनको ज्वाइन करना होता है वो होता है माइनिंग पूल, ठीक है एक बार आपका हार्डवेयर उस पूल को कनेक्ट हो गया तो फिर आप सारे मिलके वो हार्डवेयर यूज करके माइनिंग करते हो और वो जो आउटपुट आता है वो सारे माइनर्स में इक्वली शेयर होता है ओके तो आपका हार्डवेयर एक बार असम्बल होने के बाद आपको वो पुल को ज्वाइन करना पड़ता है और एक बार आपका हार्डवेयर वो पुल में जॉइन हो गया फिर आपका माइनिंग स्टार्ट होता है आप यहाँ से वहाँ वहाँ पे माइन कर सकते हो सेम सेम नेटवर्क पे, ठीक है तो बस कुछ कौन कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है एसिक माइनिंग में भी सेम होता है एसिक माइनिंग में बस आप वो जो हार्डवेयर होता है वो डायरेक्टली नेटवर्क को आपको कनेक्ट करना है और वो कनेक्ट करने के बाद आप पुल को जॉइन कर सकते हो और पुल ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली वो कॉइन्स जो माइन होंगे वो आपके वॉलेट्स में क्रेडिट होते जाएंगे तो इस प्रकार से ये पूरा माइनिंग का सिस्टम चलता है फिर आप डेस्कटॉप माइनिंग करो जीपीयू माइनिंग करो रिग बना के या फिर आप एसिक माइनिंग करो सारे केसेस में कॉन्फिगरेशन वही है तो ये टाइम टू टाइम बहुत सारी वेबसाइट चेंज होती रहती हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिक नाम आपको नहीं दूंगा बस तो ये मेथड जो है ये सेम रहेगी मोबाइल माइनिंग के केस में बस आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है बाकी कॉन्फ़िगरेशन वहां पर साइनअप करने के बाद वो कर लेंगे और डायरेक्टली आप उस नेटवो नेटवर्क को कनेक्ट करके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो देखो अब हम आएंगे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, वो है क्या मुझे माइनिंग करना चाहिए या नहीं तो देखो मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊँगा वो सारे कैल्कुलेशन करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपको माइनिंग फिजिबल है या नहीं या डिरेक्टली आप वो हार्डवेयर की जगह कॉइंस बाय कर सकते हो इनमें इस इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये होती है माइनिंग में हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और तीसरा होता है कॉइन्ज रेट प्राइस है मार्केट प्राइस उसके ऊपर डिपेंड होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है तो ये तीन चीज़ें आपको लगेगी माइनिंग आउटपुट के, के कैलकुलेशंस में तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे माइनिंग हार्डवेयर की देखो आप जी माइनिंग करो आप एसिक माइनिंग करो ये जो इक्विपमेंट्स हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती बिकॉज ये चौबीस घंटा कंटिन्यूस चलते रहते हैं जी पी माइनिंग जो है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं जी जो है ये गेमिंग जी हम माइनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो एन बी जैसी कंपनीज़ हैं ये स्पेशलाइज माइनिंग के लिए जी भी बनाती है समझो वो अगर नहीं मिल रहा आपको तो लोग यूजली डरेक्टली जो गेमिंग के लिए जी पी यूज़ अवेलेबल है वो यूज़ करके माइनिंग करते हैं ओके okay? हम जब माइनिंग करते थे तब जी पी यू नहीं थे तो डिरेक्टली जो गेमिंग के जी थे वो वो हम यूज़ करते थे तो गेमिंग जी लो या माइनिंग जी लो जी बहुत सेंसिटिव होता है ये प्रोसेसर जो होता है बहुत इनका सेंसिटिव होता है ये माइनिंग के लिए टफनेस जो लगती है वो उनमें नहीं होती तो दो से तीन दो से ढाई साल आप मैक्स इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी आसपास की जो कंडीशन है जिसमें आपकी रिग है या जो हार्डवेयर रन हो रहा है वो अच्छी है तो दो साल आप पकड़ के चलो किसी भी जी को एसिक में भी वैसे ही होता है एसिक डेढ़ डेढ़ दो साल के बाद आउटडेटेड हो जाता है फिर आपको अपग्रेड करना पड़ता है बिकॉज नेटवर्क कैशरेट जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता ही रहता है तो वो अगर नेटवर्क कैशरेट बढ़ रहा है तो फिर आपको हार्डवेयर भी अपग्रेड करना पड़ेगा जैसे आप पीसी या मोबाइल अपग्रेड करते हो वैसे ही आपको माइनिंग हार्डवेयर भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है ताकि आपको आउटपुट उतना आए ठीक है जो लाइफ ऑफ जी है वो या ए माइनर है उसकी आप कंसिडर करो दो साल मैक्स चल सकता है बिकॉज आपको अपग्रेड भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम फिर आती है कंडीशंस कंडीशंस मतलब आसपास धूल मिट्टी है या जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर है वो इसके लिए ठीक ठाक लगेगा देखो आप किसी माइनर को ओपन में नहीं छोड़ सकते आपको ये क्लोज रूम में करना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस हवा आसपास की हवा सक्शन करेगी जो फैंस है वो जीपीयू हो एसी को सबके फैंस जो है वो हवा अंदर खींचेगा तो उसके साथ धूल मिट्टी भी जा सकती है तो वो डस्ट है डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं आस उसके ऊपर भी डिपेंड होता है फिर सराउंडिंग टेम्परेचर है बहुत हॉट Uh, जो टेम्परेचर होता है आसपास उसके उसमें माइनिंग नहीं हो सकता बिकॉज जी डैमेज हो सकते हैं या फिर उनकी इफ़िशेंसी कम हो जाती है बिकॉज देखो कोई भी माइनर होता है जब वो फुल कैपेसिटी पे रन होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ते ही जाता है फोटी फिफ्टी फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक उसके ऊपर भी जी पी यू चला जाता है तो उसके लिए कूलिंग अरेंजमेंट भी आपको देना पड़ता है या फिर कंटिन्यूस आपको हवा सर्कुलेशन में रखनी पड़ती है उसके ऊपर वो हार्डवेयर की लाइफ डिपेंडेंट है ठीक है तो आप किस कंडीशंस में उसको रन करते हो उसके ऊपर भी वो हार्डवेयर की लाइफ डिपेंडेंट है और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई वो हार्डवेयर अपग्रेड होता है आपको टाइम टू टाइम हार्डवेयर उसमें अपग्रेड करना पड़ता है ठीक है ठीक है तो हार्डवेयर के बारे में हो गया दूसरा सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देखो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो कंट्री वाइज स्टेट वाइज सिटी वाइज चेंज हो, हो सकती है जितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नॉर्थ इंडिया में है उतनी साउथ इंडिया में रहेगी ऐसे नहीं होगा अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है ओके और तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है वो होती है किलो वैट आवर में और आपके हार्डवेयर की जो कैपेसिटी होती है वो किलो में होती है एग्जाम्पल तो के लिए समझो आपने एक जी पी बनाई है उसका कन्जम्पन है पंद्रह सौ वॉट तो पंद्रह सौ के लिए अगर हम कैलकुलेशन करेंगे और आपके इलेक्ट्रिसिटी का रेट समझो आपके एरिया में एट पर किलोवाट वैट आर है पर यूनिट है ठीक है तो वो हिसाब से अगर मैं 1500 सौ वाट की रिग या एसिक माइनर जो है वो 24 घंटा रन कर रहा हूँ तो ये इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1.5 पॉइंट फाइव इंटू एट ठीक है तो बारह रुपये प्रति घंटा आपको 1500 सौ वाट का माइनर चलाने में प्राइस आएगी और हम ये कितने घंटे के लिए चलाएंगे चौबीस घंटे तो वो हिसाब से टू आपका डेली रनिंग कॉस्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का ये बस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है जो आपको पे करनी है ठीक है आपके माइनर के कैपेसिटी के हिसाब से ये चेंज हो सकता है समझो थाउजेंड वाइट्स का है पंद्रह सौ है दो हज़ार वाट तक भी जाता है सिंगल रीप तो वही हिसाब से ये कैलकुलेशन चेंज हो सकता है और ये जो यूनिट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो आपके एरिया के हिसाब से भी चेंज हो सकती है तो दो टू मेरा डेली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया अब ये टू है तो हम प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैल्कुलेट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ देखो वॉट टू तो माइन माइन वेबसाइट में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है डेली आउटपुट वहाँ पे दिखता है आपको तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है ठीक है देखो ये जो आउटपुट होता है ना ये क्वांटिटी में होता है कॉइन के क्वांटिटी में तो अगर मैं ये जो हार्डवेयर है ये यूज़ करूँगा तो वो क्वान्टिटी के ऊपर मुझे डेली ज़ीरो पॉइंट मिल सकता है ठीक है देखो ये जो है ये आउटपुट हो गया डेली का ये वेबसाइट के हिसाब से ठीक है तो वो कंसिडर करें और इथर का आज का रेट अगर कंसिडर करें एग्जांपल 2,000 थाउजेंड कंसिडर करते हैं तो 14 डॉलर्स तक आपको इंटू सेवेंटी फाइव वन आपका डेली आउटपुट हो सकता है वो मार्केट रेट के हिसाब से होता है ओके समझो आज अगर मैं इथर माइन कर रहा हूँ जो 0.0071 ये बियर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ जीरो अगर मुझे क्वान्टिटी मिल रही है इथर की और इथर का रेट अगर आज सौ है तो डेली आउटपुट मेरा कितना होता है तो डेली आउटपुट मेरा होगा जीरो पॉइंट सेवेंटी वन डॉलर्स इंटू सेवेंटी फाइव ही कर दो आप तो देखो फिफ्टी थ्री रुपीज़ आपको सिर्फ दिन का मिलेगा तो ये मुझे मेन कैलकुलेशन आपको दिखाना है जो माई कॉइन का आउटपुट होता है वो सेम होता है मैथमेटिक्स को समझो जो कॉइन का आउटपुट है वो सेम रहेगा एग्जाम्पल के लिए लेकिन मार्केट रेट अगर ऊपर है नीचे है उसके हिसाब से मेरा डेली रनिंग कॉस्ट जो है वो चेंज होगा तो आज अगर इधर का प्राइस बहुत ज़्यादा है टेन डॉलर्स है तो मुझे डेली आउटपुट ज़्यादा मिलेगा समझो टू मिल रहा है डेली आउटपुट अगर बियर मार्केट में है तो वही मुझे सौ रुपये मिलेगा डेढ़ सौ मिलेगा और अगर मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वही टू एटी है तो मुझे प्रॉफिटेबल होने के लिए आज एटलीस्ट टू एटी मिनिमम आना चाहिए आउटपुट ईथर के क्वांटिटी में बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऐसे नहीं बोल सकते हो नेक्स्ट बुलरन में मैं इलेक्ट्रिसिटी पे करूँगा इलेक्ट्रिसिटी आपको आज ही पे करनी है ये मंथ में ही पे करना है तो वो कॉस्ट अगर आप बियर कर सकते हो तो ठीक है नहीं तो फिर आपको वो जेब में से देना पड़ेगा तो वो इकोनॉमिक्स जो है वो होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप अगर कॉइन सेल करते हो या फिर बियर मार्केट में माइनिंग करके बुल मार्केट में सेल करते हो इसके ऊपर ये सारा इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट है तो यूजुअली जो डेली का कॉइन रेट है उसके हिसाब से आपका आउटपुट चेंज होते रहेगा डॉलर्स में और उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा तो कुछ कुछ लोग और उसमें क्या करते हैं कि समझो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उनका बहुत कम है तो वो नए नए जो कॉइन्स है वो माइन करके रखते हैं और फिर उनको चार से पाँच साल होल्ड करके रखते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वो खुद की जेब से भरेंगे टेम्प्रेरी माइनिंग का आउटपुट जो आएगा वो कॉइंस में आएगा आपके वॉलेट पे आएगा वो बेचना है नहीं बेचना है इलेक्ट्रिसिटी पे करना है नहीं करना है वो आपका सवाल है उसके ऊपर आपका पूरा माइनिंग जो प्रोफिटेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है ठीक है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी वो है प्रॉफिटेबिलिटी तो अभी इतने डिटेल में डिस्कस करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो मार्केट के हिसाब से कॉइंस के रेट के हिसाब से कि आपको माइनिंग करना है नहीं करना है कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हो आपको जो भी सवाल है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको वैसे आंसर्स दे दूँगा ऑलरेडी मैं पहले सब कुछ कर चुका हूँ तो मुझे इसके पीछे के इकोनॉमिक्स पता है कैलकुलेशंस पता है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए तो कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप हार्डवेयर के हो किसी भी बारे में कुछ डिफिकल्टी हो माइनिंग में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मैं ज़रूर आंसर करूँगा बस ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करके ही माइनिंग में उतरो स्मॉल स्केल पर करो लार्ज स्केल पर करो ये आपका खुद का सवाल है बस फैक्ट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शनैलिटी कैसे है इंटरनेट पे आपको यूट्यूब पे हार्डवेयर कैसे बना असेंबल करना है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन करना है क्या करना है सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी भी कभी डिटेल में मिल जाता है लेकिन करना है नहीं करना है, नहीं करना है इसके पीछे के क्या कैल्कुलेशन है जो मैंने आपको अभी बताया वो कोई नहीं बताता तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे तब तक के लिए टेक केयर बै तो